एक कहानी आपको सुनाता था और फिर मैं धार्मिक आदमी हूं तो रामायण से लेके आया हूं आपके पास आपके लिए आपको सीखने को मिलेगा कि जो चीज आपकी नहीं है वो आपकी नहीं है भगवान राम को जब चौदह बरस का वनवास हुआ तो गुरु वशिष्ठ जो अयोध्या के कुल गुरु थे भगवान राम जब चौदह साल के लिए बनवास चले गए तो गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि भरत तुम गद्दी संभालो तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि भगवान को चौदह साल के लिए बनवास और तुमको राजगद्दी तो एक भाई ने पिता की आज्ञा मानी वो वनवास चले गए दूसरी आज्ञा तुम मानो अब तुम गद्दी पे बैठ जाओ तो भरत ने बोला मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता तो गुरुवशिष बोले यार जब एक भाई अपने पिता की आज्ञा से चौदह साल के लिए वनवास जा सकता है तो तुम ना चाहते हुए भी बैठो जरूर क्योंकि पिता की आज्ञा है तो भरत का जवाब सारे बिजनेसमैन के लिए पत्थर की लकीर हो सकता है